सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल और इसके साथ बेल आइकन भी कीजिए ताकि आप लोगों को मिलते हेलो फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के सामने एक मोबाइल की सेटिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपने मोबाइल के ऊपर अपनी फोटो कैसी लगाए तो आप लोग नहीं जलते हैं तो जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा तो देखिए और अभी तक मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सेट निकल में और इसके साथ साथ बैलाइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों लोग नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी मेरे वीडियो अपलोड करते रहूँगी आप लोग मिलते रहेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती है तो सेटिंग पर जाना पड़ेगा देखिए देखिए सेटिंग्स, सेटिंग्स, मैंने ओपन कर लिया। जाने के बाद पर। यहां पर लैंग्वेज एंड इनपुट यहाँ पर आप लोग पर पर पर ओपन ऐसे आप लोग ऐसे डाउनलोड करके लगा सकते हैं, डाउनलोड करके लगा सकती तो तो तो है बाद में देखिए आप तो देखिए पहला नंबर है पर कलर्ट कल प्लास्टिक में तो प्लास्टिक में क्लिक कीजिए प्लास्ट में क्लिक करने के बाद देखिए देखिए देखिए है को ओपन में करने के बाद मैं मैं से एक फोटो फोटो करती ये ये मैंने किया इसको मेरे कीब, कीबोर्ड के ऊपर फ़ोटो लगाएंगे तो नेक्स्ट कर दिया नेक्स्ट करने के बाद देखिए ऐसा आप लोग वाइट कर सकती हैं ब्लैक कर सकती हैं इसके बाद डान कर दीजिए डान करने के बाद अप्लाई कीजिए ऐसे कीजिए तो ऐसा होगा अक्सर और बाद में ऐसे कीजिए ऐसा हो तो अप्लाई कीजिए आप लोग की फ़ोटो लग गई है तो आज वीडियो लिया वीडिया अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और फ्रेंड के की साथ कीजिए और जाने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आज भी शिक्षक